आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको इन छह सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है सिक्स एरियाज होता है नंबर वन करियर आपका करियर शानदार होना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आदमी का करियर बहुत शानदार होना चाहिए यह yes, शर्ण no? yes. आप agree करते हैं मुझसे कि अगर आदमी को सफल तभी माना जाएगा जब उसका करियर शानदार हो लेकिन अगर करियर शानदार है और जो मैं दूसरी चीज लिखने वाला हूं ये नहीं है तो वो करियर शानदार है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि खाली एक चीज नहीं चाहिए मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि आपको छह चीजें चाहिए अगर आपको सफल होने का ठप्पा आपके ऊपर लगाना है नंबर वन इज करियर नंबर टू फैमिली आपका करियर बहुत शानदार है और परिवार डिस्टर्ब है तो करियर बेकार है कोई मायना यानी करियर अच्छा होने के साथ साथ परिवार में भी कुछ फहमी खुशहाली होनी चाहिए साहब तो नहीं पैसे आप बहुत कमाते तो हैं घर जाते हैं बीबी झगड़ा करते हैं पिताजी बात नहीं करते मां से आपका झगड़ा हो रहा है तो वो करियर बेमानी है मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं कि दो चीजें बेकार हो जाती हैं अगर तीसरी चीज साथ में ना जुड़े करियर और फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप फिजिकली बढ़िया होने चाहिए आप में दो स्टैंड डल चुके हैं बाईपास हो चुका है करियर भी शानदार परिवार भी शानदार आप बेकार बीमारी है, है हो। तो बढ़िया होने के बावजूद भी आप सफल नहीं और ये तीनों चीजें अच्छी हैं और चौथी चीज में मार खा गए तो ये तीनों चीजें बेमानी हो जाती देखते हैं सोशली आपकी क्या पहचान है बाजार क्या करियर शानदार परिवार बहुत खुश फिजिकली सही लेकिन मजार में आपको कोई पूछता नहीं आपकी पूछ नहीं कोई नमस्ते नहीं करता सत श्रिया नहीं करता राम राम नहीं करता रहीम भाई नहीं बोलता। रहा तो ऐसा पैसा ऐसा करियर ऐसा परिवार फिजिकली फिट होना वो किसी मतलब का ये चार चीजें वेस्ट हो जाती हैं अगर पांचवी चीज मैं आप, फिर मार खा गए पांचवी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है आप दिमागी तौर पे खुश हैं अगर आप दिमागी तौर पे विचलित हैं परेशान हैं किसी भी वजह से तो ये चारों चीजें आपके किसी काम की और मैं आपको तो बताना चाहूंगा आप जान जहरान हो जाएंगे जो मैं छठी चीज दिख रहा हूं वो ना हो तो एक पांचवी चीजें खत्म हो जाती नंबर इज़ ईश्वर की मर्जी के बिना पता तो नहीं होता धार्मिक आदमी भगवान को बहुत मानता हूँ जो सरकार संसार चलाती है समय पर सुय पर डूब जाता है वोटा डिसिप्लिन छह हजार साल से हो रहा है न जाने कितने लोगों तक चलता रहेगा स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट नहीं करतेश्वर से तो पांच से ऊपर की चीजें वेस्ट हो जाती है